इससे पहले मैं राजस्थान के सफर पर था और वहाँ हमने तारागढ़ की चढ़ाई की और यहाँ हम पावागढ़ की चढ़ाई कर रहे हैं वो देख रहे हैं एकदम तो सामने पावागढ़ की पहाड़ी है एकदम टॉप हाइट पे वो मंदिर है और हमें वहाँ पे जाना है, ताँगा है।, ताँगा है। जिन सीढ़ियों से चलते हुए मैं पावागढ़ के लिए जा रहा था मैंने यहाँ के लोकल से पूछा कि अभी ऊपर कितना दूर जाना है तो कह रहे लगभग सात किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा मुझे लगभग सात साल भी हो गए तो मैंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा मौका है पावागढ़ के दर्शन के लिए तो इससे पहले मैं राजस्थान के सफर पर था और वहाँ हमने तारागढ़ की चढ़ाई की और यहाँ हम पावागढ़ की चढ़ाई कर रहे तो मुझे उम्मीद है आप लोगो को पसंद आ रहा होगा मेरा ये सफर और आगे बहुत से सफर ऐसे ही हमें पूरे कर हैं जिंदगी वो देख रहे हैं एकदम सामने पावागढ़ की पहाड़ी है एकदम टॉप हाइट पे वो मंदिर है और हमें वहां पे जाना है जिन रास्तों से मैं ऊपर पावागढ़ के लिए जा रहा हूँ ये तो राजस्थान का जब मैं तारागढ़ की पहाड़ी पे चढ़ाई कर रहा था ये तो उससे भी अद्भुत है काफी एडवेंचरस लग रहा है क्योंकि रास्ते बेहद उबड़ खबड़ है ट्रैक करने का तो अपना अलग ही मजा है आप देख सकते हैं एकदम सपाट रोड से अलग इन जंगलों वाले रास्ते से हम लोग आगे को ट्रैवल कर रहे हैं 2015 में पहली बार पावागढ़ के लिए आए थे तो ये रास्ते नही बने हुए थे अब काफी विस्तार कर दिया है पावागढ़ के लिए काफी सहूलियत हो गई है लाखों लोग इस नवरात्रों के समय में ट्रैवल कर रहे हैं तो उन सबको ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार काफी अच्छा प्रयास कर रही है हिंदू धर्म की कितनी बड़ी आस्था देखो लोग तीस किलोमीटर से चल रहे हैं मैंने देखा लोग इतनी गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं। इतनी बड़ी श्रद्धा तो मेरे पास नहीं है लेकिन जितना कोशिश हो पा रहा है मैं भी करने की कोशिश करता हूं। तो मेरे लिए तो बहुत कुछ सीखने जैसा है कि हम समाज से क्या सीख सकते हैं। आदिवासी बहुत क्षेत्र है ये लेकिन लोगों की आस्थाएं लोगों का धर्म के प्रति इतना लगाव अपने आप में बहुत ही अद्भुत है मुझे तो ये सफर बहुत ही अच्छा लग रहा है कितने एडवेंचरस ट्रैक से ट्रैकिंग करके पावागढ़ जाने का मौका मिल रहा है ये तो बस। बहुत जय जय माता माता दी। ही एडवेंचरस रास्ता है कई बार तो मैं गिरने से बचा लेकिन जो ये ट्रैकिंग हो रही है मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत है बहुत अच्छा लग रहा है मौसम भी अब थोड़ा ठीक हो रहा है हाँ भीड़े, बहुत भीड़ है बहुत भीड़ है इससे पहले आप यहाँ तक आप बस से भी आ सकते हैं मेरे इस बगल में देख रहे हैं यहाँ से आपको उड़न खटोला मिलेगा जो डायरेक्ट आपको ऊपर ले जाएगा लेकिन अधिकतर लोग यहाँ से सीढ़ियों के थ्रू चल जाते हैं ना ना ना ना। तो भी काना लग हजन लगता है पावागढ़ की मेन माता आप देख सकते हैं यहीं पर है दिल्ली से गुजरात आना मेरा सफल हो गया बड़ी ही लंबा सफ़र मैंने ट्रैक किया चढ़ाई की आपने तो देखा हो काफ़ी एडवेंचरस मैंने किया तो जिनके लिए मैं इतना ट्रैक करके इतना ट्रैवल करके आया वो पावागढ़ यही है बहुत बड़ी मान्यता है हिंदू समाज के लिए और नवरात्रों का भी सीजन है तो मेरा आना बहुत ज़रूरी था इसके घर वालों के चेहरे पर मुझे आना पड़ा और मेरा मन भी था पहले हमने बहुत ही शानदार और बहुत ही आराम से पावागढ़ का दर्शन कर लिया माँ काली का दर्शन कर लिया और इतने हाइट पे माता जी का मंदिर बेहद ही भव्य है मुझे तो पहली बार ही देखने में सुकून सा मिल गया क्योंकि ये हमारी कुल देवी भी है माता जी का जो आशीर्वाद था वो मुझे मिले और आप सभी लोगों का प्यार मुझे मिला ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ बाकी इस सफ़र को हम ऐसे ही जारी रखें अब उतरने का समय आ गया है ये उड़न खटोला से नीचे जाने की लाइन है जितने देर लाइन में खड़े रहेंगे उतने समय में हम नीचे पहुंच जाएंगे इसी जगह से हम लोग सुबह एंड्री थे और शाम हो गया और अब हम लोग यहाँ से वापसी कर रहे हैं। मुख्य तो नहीं करने का